असलकम दोस्तों बहुत से लोगों की दुकानों के लिए चाहे छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो उसके लिए विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत होती है और किसी को टाइम ना मिलने के कारण वो बाज़ार नहीं जा पाते हैं तो मैं आज आप लोगों को बताने और सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने खुद के मोबाइल से अपना विज़िटिंग कार्ड बनाएँ यानी अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड खुद के मोबाइल से कैसे बनाएं तो सबसे पहले आपको एक को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उस एप्लीकेशन का नाम है बिजनेस मेकर <coughs> विजिटिंग कार्ड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं बिजनेस कार्ड मेकर ठीक है ने? बिजनेस कार्ड तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेना है धन देख सकते हो इसका लोगो उसका प्रोफाइल ऐसा है तो सबसे पहले आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है धन क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में कट कर देना है उसके बाद ये खुल रहा है देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा लोग डिज़ाइन शो हो गया है आपके हिसाब से आप जो भी डिज़ाइन बना सकते हो वो चूज़ करके बना सकते हो तो मुझे सिंपल बनाना है जैसे कि मैं एक से चूज़ कर लेता हूँ मुझे ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है तो मैं इसे चूज कर लेता हूं ठीक है उसके बाद देख सकते हो यहां पर नाम शो हो गया है। आपको कोई भी एडिटिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पर जैसे कि नेम शो हो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो नीचे देख सकते हो एडिटिंग का ऑप्शन है और राइट right कॉर्नर में भी आप देख सकते हो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप जो भी चाहे लिख सकते हो यहाँ पर कट करके तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था इसीलिए मेरा ऑलरेडी शो so हो रहा तो यहाँ पर लिख अप्लाई कर देना है. उसके बाद कोई भी चेंज करना है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है ठीक है जैसे कि यहाँ पर नाम पर चेंज करना है तो नाम पर क्लिक करके फिर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है उसी प्रकार आप अपना एड्रेस यहाँ पर दे सकते हो अपना ने दुकान का नाम यहाँ पर मोबाइल नंबर उसके बाद जी मेल उसके बाद आप कोई भी चैनल का लिंक भी दे सकते हो और आपका एड्रेस दे सकते हो ठीक है दोस्तों इसी प्रकार लोगों को चेंज करने के लिए आपको लोगों पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो लोगों का कलर भी चेंज कर सकते हो कलर पर क्लिक करके आप जो भी कलर का लोगो चूज करना चाहते हो उसको चूज़ कर सकते हो तो मेरा फिलहाल यही लोगो अच्छा लग रहा है और आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर उठाओगे तो देख सकते हो कितने प्रकार का है आप यहाँ पर बैक साइड भी डिज़ाइन कर सकते हो ठीक है तो मुझे बैक साइड नहीं करना है फ्रंट साइज पर फिर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर बीजे ये कोई काम नहीं है बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड कलर आप चूज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से ये बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग सा लग रहा है तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ आपको